प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि दतिया मेडिकल कॉलेज कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है इस संबंध में डीन और सीएमएचओ से विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में दतिया मेडिकल कॉलेज ने अहम भूमिका निभाई है और चूंकि दतिया उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है तो न सिर्फ मध्य बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता का भी इलाज कर उनकी मदद की है मिश्रा ने कहा दतिया में ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है जो काफी अच्छी स्थिति में है आईसीयू के बेड तैयार हैं और साधारण बेड भी पर्याप्त मात्रा में है बाकी चिकित्सा सुविधाओं के बारे में डीन और सीएमएचओ से चर्चा की गई थी नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया मेडिकल कॉलेज कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है दतिया मेडिकल कॉलेज का कोरोना की फर्स्ट सेकेंड वेब जो आई थी एक भ्रम वाली एक भय वाली उसमें हमारे दतिया मेडिकल कॉलेज ने मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी चुकी उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ ज़िला है बड़ी संख्या में लोगों को इलाज की इमदाद की थी मदद की थी हमारे यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी स्थिति में हुए हैं आई के बेड तैयार हैं साधारण बेड हमारे पास पर्याप्त मात्रा है